तो। माना आ गया भाई, फोटो डालता हूं। okay, तो edited, तो ठीक है यार वीडियो में ही देख लेते हैं फोटो आ। कि क्या है लाइक्स माना गया घुसने के